आप कभी भी फ्री हो तो एक बात जरूर सोचना कि आपने अपने चौबीस घंटों को किस प्रकार सेटेलाइट किया है यदि आपको लगे कि आपने कुछ खास नहीं किया तो अपने आप को पूछना ताकि आपके समय की बर्बादी का जिम्मेवार कौन है अगर आपको जवाब में लगे कि आप अपने समय की बर्बादी के जिम्मेवार खुद हो तो आप अपने आने वाले फ्यूचर के जिम्मेवार भी खुद होंगे क्योंकि उस समय आप बैठकर पछता रहे होंगे और बता रहे होंगे कि आपने अपने समय में कुछ नहीं किया मानता हूं कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास अभी बहुत समय है किंतु एक बात हमेशा याद रखना कि आपका अपोनेंट उस समय का सही से उपयोग कर रहा होगा जिससे फ्यूचर में वह आपको पीछे छोड़ सकता है तब समय भी आपको यह बात बोलेगा कि आप कौन हो आपकी पहचान क्या है तब तो आपको रोना आएगा एक बात हमेशा याद रखना कि आप अपनी सफलता और विफलता के जिम्मेवार खुद हो हर पल आपको अपनी जीत की तैयारी करनी चाहिए और नए रास्ते ढूंढने चाहिए ताकि आप अपने समय को सही तरीके और सही काम में लगा सकें इसलिए समय बर्बाद न करें क्योंकि आज ही में कल है और कल ही मैं दुनिया वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि निखारो अपने हुनर को इतना कि कोई आपकी जात न पूछे पहुंचो अपने मुकाम पर ऐसे कि कोई आपकी औकात न पूछे आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद